से बताना था, टाइम नहीं मिल रहा था। कहानी बताने से पहले दो लाइन जरूर जिंदगी में ऐसे बनी है, पहुंच ना सके, सके, वहां आपकी बात हो और जहां पहुंचने वाले हो वहां आपका इंतजार हो तो इन्हीं शब्दों के साथ कहानी को रिलेट करते हैं कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ घूमने निकलते हैं उन्हें पता है जहां उन्हें जाना है वो काफी दूर है तो वो उसी समय से जिस समय से वो निर्णय लेते हैं घूमने का चलना शुरू कर देते हैं और चलते रहते हैं चलते रहते हैं। काफी समय चलने के बाद उन्हें काफी दूर जंगल में जाने के पश्चात उन्हें एक व्यक्ति मिलता है प्रथम व्यक्ति जो मिलता है उनसे जब वो पूछते हैं कि फलाना गांव कितनी दूर है तो वो व्यक्ति जवाब देता है बस आप आई ही चुके हैं दो किलोमीटर दूर यहाँ से दूर वो गाँव और फिर महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर जब आनंद भी उनके संग उनका शिष्य जो आनंद होता है वो भी चल रहा होता है और काफी समय चलने के बाद रात होने आती है और महात्मा बुद्ध ही निर्णय देते है कि अब हमें सुलझाना चाहिए एक दिन की यात्रा उनकी समाप्त हो जाती है फिर दूसरे दिन सुबह जब वो चलना शुरू करते हैं दिन का वक्त आता है दिन दोपहरी में एक बुढ़िया माता उनको मिलती है और वो उनसे पूछते हैं कि आने वाला जो गाँव है वो कितनी दूर है तो फिर वो बुढ़िया आमा जो होती है वो जवाब देती है कि बस आप आई तो गए हो दो किलोमीटर दूर बस आप आए किलोमीटर दूर है तो फिर मुस्कुराते हैं हैं और फिर अपने हैं। फिर अपने शिष्य आनंद के साथ चलना शुरू करते आज नेक्स्ट दूसरे दिन भी उनको रात होने वाली होती है और आनंद इस समय बहुत चिड़क बैठा होता है जो उनका शिष्य होता है वो बहुत चिड़ जाता है कहता है मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा और जिससे भी मैं पूछता हूँ वो यही कह रहा है कि दो किलोमीटर दूर है बस अब आने ही वाला है और आज हम दो दिन से चलते चलते दोबारा मैं सुबह से शाम हो गई है लेकिन गांव नहीं आया तो महात्मा बुद्ध उसकी परेशानी की वजह से थे और वो मुस्क मुस्कराते हैं और उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं फिर एक, जब आनंद बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इन चीज़ों से और वो चलने को भी अब तैयार नहीं था शायद तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि इस बड़े पेड़ के नीचे फिर आज एक डेरा लगाते हैं और आज मैं सारे सवालों को उत्तर नहीं करूँगा आपके तो फिर वो जब डेरा लगाते हैं और शाम को सो रहे होते हैं तो तब आनंद उनका शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि भगवान सब तो ये कहते हैं कि पहला व्यक्ति आपको मिला उसने काफी कि दो किलोमीटर दूर है आपकी इसी मुस्कुराहट से ज्यादा परेशान हूँ आप अभी भी, भी मुस्करा रहे है और उस समय भी मुस्कुरा रहे थे तो महात्मा बुद्ध कहते हैं शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन मैं इस बार इस जगह पर काफी बार आया हूँ और मुझे पता था कि ये दो किलोमीटर नहीं दस किलोमीटर दूर है यहाँ से लगभग लग, लगभग लग। और वो मुझको देख के मुस्करा रहे थे क्योंकि वो मुझे एक हौसला बधा रहे थे वो मुझे एक आशा दे रहे थे कि बस आने वाला है कि मैं चल सकूँ जब मैंने दूसरी बार दूसरी उनसे पूछा बुढ़िया अम्मा से पूछा तो उन हौसला दिया कि बस आने ही वाला है दो तो किलोमीटर दूर है और मैं तब भी मुस्करा रहा था अब मेरी तुम्हारी परेशानी ये थी कि ये मुस्कुरा रहे लेकिन वो गांव नहीं आ रहे तो हमारा चलना ज़रूरी था गिर कर, कर एक जगह ठहर जाना से मंजिल नहीं मिलती मंजिल को पाने के लिए चलना ज़रूरी होती है चलना ज़रूरी होता है तो कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन ये बयाँ करती है कि हमें दुनिया में दो तरह के आदमी मिलते हैं एक तो डिमोटिवेटिवेट करने वाले आदमी होते हैं जो आप ये कहते हैं कि नहीं भाई दस किलोमीटर दूर है तुम्हारे बस की नहीं है तुम्हारे बस की नहीं है वहां तक पहुंच पाना तुम नहीं कर पाओगे और दूसरा व्यक्ति ये होता है वो कहता है बस थोड़ा और आने वाला है बस थोड़ा और आने वाला है देखो उस शब्द में कुछ भी नहीं था लेकिन वो बस थोड़ा और आने वाले के चक्कर में हमने आधी दूरी तय कर ली और अब हम पहुंचने वाले उनसे संपर्क साधना चाहिए जो ये कहते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं क्या हमें उनसे संपर्क रखना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आप कर लोगे हमारा फैसला होता है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहानी समाप्त करता हूँ होप करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे को यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे धन्यवाद